कौन से देश में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जापान ऑप्शन बी अमेरिका ऑप्शन सी नार्वे या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है